सच्चे दोस्त वही होते हैं जो अच्छे वक्त में आपकी बजाते हैं और जब मुश्किल वक्त आता है तो वही आपके दरवाजे पर खड़े नजर आते मुझे, लगा के, बैठा दिया फलक पे, मुझे उठा के मुझको सर्व में